तो पिपर टेबल के अंदर हम कैलकुलेशन देने देखने जा रहे हैं हमारे इस डेटा में क्वांटिटी है एम है और यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं पहला होता है आपका कैलकुलेटेड फील्ड दूसरा होता है आपका सो एज ए कैलकुलेशन तो जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा है कि सिटी वाइज सेल है मुझे यहाँ पे बगल में इसका कंट्रीब्यूशन चाहिए कि ओवरऑल सेल में किस सिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी को उठाएंगे एक बार और इसी के नीचे रखेंगे याद रखिएगा किसी भी फील्ड को आप जो है इन चारों इन तीन तीनों में एक ही बार रख सकते हैं बट आप वैल्यू वाले सेक्शन में किसी भी फील्ड को मोर देन वन टाइम कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर इसको सम कर दिया ताकि सम दिखे बट मुझे सम नहीं इसका परसेंटेज चाहिए कंट्रीब्यूशन परसेंटेज तो जब आप जब आप वैल्यू वैल्यूफी सेटिंग करते हैं मतलब कि ये जो कल यहाँ पे जो निशान है एरो का उस पर क्लिक करते हैं वैल्यू वैल्यूफी सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ आपको दिखता है शो वैल्यू एच शो वैल्यू एच इसमें आपके सामने नो कैलकुलेशन रहेगा तो यहीं पर आप कैलकुलेशन दे सकते हैं जैसे मुझे चाहिए कि कंट्रीब्यूशन चाहिए कितना हुआ तो यही पे मैं परसेंटेज ऑफ ग्राम टोटल कर दिया और ओके okay कर दिया ये देखिए हमारे सामने परसेंटेज शो हो गया है क्या कंट्रीब्यूशन सबका है इसमें और भी कैलकुलेशन है जिसे मान लीजिए कि सबका रनिंग टोटल चाहिए हमको तो यही पे आप जो है कम्युनिटी टोटल जो होता है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं शो रनिंग टोटल तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हैं जो कि आप डायरेक्टली पीवर टेबल के अंदर ही कर सकते हैं अब इसको एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा हम बता देंगे आप